सिस्टम में एआई मार्केटिंग एआई डॉट मार्केटिंग में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बोलो रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से उसके अंदर से आपको कैशबैक कूपन कोड निकालना है जिससे कि फिफ्टी डॉलर उसको गिफ्ट में मिल सके ठीक है चलिए आप मुझे फॉलो कीजिए और इस्टेप बाई स्टेप देखते रहिए ये लिंक आया है जैसे कि व्हाट्सएप पे लिंक होता है ये ये लिंक है और इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो भी आपको कोई किसी आपको लिंक भेजता है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह का कुछ पेज ओपन होने लगेगा ठीक है फर्स्ट स्टेप साइनअप बटन पे क्लिक करेंगे और ये ब्लू कलर का एक माइंड्स आ रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना होगा ब्लू कलर इस माइंड पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एड अकाउंट एड अकाउंट पे डालने के लिए वहाँ पर डालना डायरेक्ट नहीं है रजिस्टर का नीचे बटन दिख रहा है रजिस्टर नाउ रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट नेम यहाँ लास्ट नेम डालेंगे यहाँ ईमेल आई डालनी होगी आपको जो भी आपकी ईमेल मेल है तो अभी मैं देख लेता हूँ सर की ई मेल क्या है सर की ई मेल आई है ये जी ये मेल आईडी डाल दिया मैंने और यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा आपको और पासवर्ड को कंफर्म भी करना होता है जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी पासवर्ड बनाया हुआ है तो ये मैं यहाँ पर सेव करना होता है क्यों क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं तो फॉरगेट करने में टाइम लग जाता है सर ये पेश कर दिया मैंने और फिर यह कर दिया और ये, ये प्रॉबोर्ट पर क्लिक कर दिया हम्म ये होगा नहीं कैप्चा क्योंकि अभी इसको हो जाएगा ये वेरीफाई रजिस्टर ये मैं सेव कर लेता हूँ इसको अभी भी सेव कर सकते कि जैसे वहाँ से ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो लॉगिन पे चला जाएगा ठीक है यहाँ एक इनका एक यूज़र नेम बनाना होगा आर सॉरी आर के जैन ये रोबोट मतलब इस पैटर्न पे काम करता है कि रोबोट को एक कोर्ट्स ये होता है अब इस पर यहाँ कार्ड देखिए यहाँ पर राजेश कुमार जैन नाम आ चुका है कि कार्ड की एक्सपायरी भी आ चुकी है ठीक है अब हम यहाँ जाते हैं टॉपअप में टॉपअप में जाने के बाद में यहाँ सर्टिफिकेट से, से, लिखा हुआ है गिफ्ट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कोड लेंगे कोड हूँ कोड हमने किसी को दिया है तो अभी जो कोड है कोड कोड ये तो इनका कोड है डी हमने किसी को कोड दिया है स, ये ये ये कोड दिया है हमने और हम इसको नहीं डाल देंगे फिर ये जैसी टॉप में जाएंगे टॉप में इसको कोड डालेंगे तो ये पे करने पर अभी उनके आईडी डी में फिफ्टी डॉलर नहीं थे अब देखिए कांग्रेस फिफ्टी डॉलर मतलब उनको हो चुके हैं ये ओके करा और हम यहां पर देखेंगे तो फिफ्टी डॉलर एड बैलेंस में आ गया अब यहां से चौबीस घंटे लगते हैं ये चौबीस घंटे के बाद में रोबोट काम करना चालू कर देगा और कैश देना शो कर देगा क्योंकि ये सिस्टम जो है मतलब इस तरह की ट्रेडिंग करता है कि दूसरों के कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कराता है जब सेल करा देता है तब जाके इसको कमीशन मिलती है तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करने का सिस्टम और प्लस इसमें कूपन कोड को ऐड करने का ऑप्शन जिससे कि फिफ्टी डॉलर किसी भी यूज़र को मिल सके तो अब ये जो सिस्टम है अब मैं इसके आगे लेके जाता हूँ आपको क्योंकि इसमें जो ट्री सॉरी ट्री नहीं बोल सकते सर क्योंकि नेटवर्किंग से थोड़ा सा हट के है कोई कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल में है तो इसका जो वर्क होगा वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक साइड और है <clears throat> आई जो रजिस्ट्रेशन आपने वहाँ पर किया है वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये आईडी जो लगी हुई है ऑलरेडी मैंने ये कर दिया इसको क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन अब क्या है कि जो आईडी वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया उसी से यहां पर लॉगिन कर सकते हैं आप इस सिस्टम एक दूसरे में अटैच हैं जी ये, ये वेरीफाई किया मैंने और किया। यहां क्लिक किया यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा यहाँ नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम है किस तरह से कब कब कितने कितनी आपको सिस्टम में आया है तो अभी आपका अगर पार्टनर देखने तो आपको पार्टनर यहाँ देखने होते हैं और इनवाइट फ्रेंड का अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो उसका लिंक यहाँ से लिख रहा है इनवाइट से नीचे वाला लिख रहा होगा i एम डॉट मार्केटिंग इसका लिंक को कॉपी करेंगे और किसी को भी सेंड कर देंगे जैसे कि मैं इन्हीं को सेंड कर देता हूँ क्योंकि इन्हीं लिंक है ये सॉरी ये मैंने खोला हुआ ये जैन साहब जैन साहब में ये इनका लिंक डाल देते हैं हम यहाँ पर अब ये जैन साहब किसी को भी रेफरल करना चाहेंगे तो इस लिंक को फॉरवर्ड करेंगे और इनका एक कोपन कोड होगा सॉरी मैं कूपन कोड नहीं निकाल पाया कोपन कोड भी उसी के अंदर से क्योंकि कोपन कोड डालेंगे तभी 50 डॉलर मिलेंगे तो मैं बैग जाता हूँ इनकी उसी साइड के ऊपर एआई मार्केटिंग एआई मार्केटिंग के ऊपर ए मार्केटिंग के जाने के बाद में कूपन कोड भी यहीं से मिलता है वो लग आउट हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग है इसकी जें है करते हैं और ये गए क्लिक कर लेते हैं और ये बस बस भैया बस का तो कितने बार क्लिक देखते हैं हो गया ये लीजिए, यहाँ से किसी को कूपन कोडा निकाल के देना पड़ता है जिससे कि इसको उसकी आईडी डी में ऐड करना पड़ता है टॉप की जगह लेकिन आपका जो कूपन कोड अभी इनका रोबोट काम नहीं कर रहा है स्टेमिन का रोबोट ऑफ हो क्योंकि मैंने आई अभी बनाई है चौबीस से घंटे के बाद में ये रोबोट काम करना स्टार्ट करता है तो यहाँ जाएंगे अभी यहाँ पर 50 डॉलर इनके ऐड हो चुके हैं अगर अब इनको किसी की आईडी लगानी है और उसके बाद में उनके टॉप करना है तो इनको देखना होगा कैशबैक में कैशबैक में कोपन कोड है ये इनका कोपन कोड है इस कोड को वहाँ डालेंगे वह तब ये उस दूसरे व्यक्ति की आई डी डॉलर से पेड हो जाएगी तो आपको समझ में आ गया होगा और अगली और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा नंबर है फुल सपोर्ट मैं आपको करूँगा थैंक यू